अरे बढ़िया चल। भाई। भाई। अरे मार रहे तो <laughs> अरे ये देखो। अरे को अरे ये, ये कैसे मारा तू तो? ये, ये तो मार <laughs> bro bro bro really miss frags in esports uh, please <laughs> bro, I'm also missing जाए भाई जल्दी से मजा आएगा बहुत love you जोनी बाय अरे